हेलो भाई कैसे हैं आप लोग दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि किसी भी यूट्यूबर का एक महीने का जो सैलरी है वो आप जान सकते हैं जी दोस्तों आपने सही सुना किसी भी यूट्यूबर का यूट्यूब के माध्यम से आप जान सकते हैं कि उसका एक महीने का इनकम कितना है वो कितना कमाते हैं यूट्यूब से जी दोस्तों तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेलाइकन कंटिन्यू प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे और मैं इसी सबसे रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं आपको बताने चलते चलिए दोस्तों मैं आगे अपने होम स्क्रीन पर तो दोस्तों मैं बताने चल रहा हूँ कि, कि किसी भी यूट्यूबर का एक मंथली इनकम है वो जान सकते हैं और मंथली अर्निंग कितना है वो जान सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं अपने चलता हूँ पहले क्रोम ब्राउज़र पे तो चलिए दोस्तों मैं अपने जा रहा हूँ क्रोम ब्राउजर पे ये क्रोम ब्राउजर पे मैंने आ गया इसी होम पेज पर पे मैं ले जा रहा हूँ ये डेस्कटॉप साइट पहले हमको कर लेना है चलिए मैंने डेस्क साइट कर लिया है और यहाँ पर हमको टाइप करना है इसमें यहाँ पर हमको टाइप करना है सोशल ब्लिक यहाँ पर जैसे हम सोशल मीडिया डॉट सर्च तो यहाँ पर आ गया इसी फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे हम यहाँ से हम चेक कर सकते हैं चलिए दोस्तों मैं आ गया हूँ देखिए तो बन रही है हमारी वीडियो पर देखिए कैसे चेक किया जाता है मैं आपको बताने वाला हूँ सारी प्रोसेस चलिए यह मैं यहाँ पर किसी भी यूट्यूब का लिंक में डालता हूँ तो चलिए पहले मैं अपना ही डाल के बता देता हूँ वैसे मेरा चैनल तो नया है तो मेरा तो बताएगा ना तब तो पर भी मैं चेक करके बता दे रहा हूँ देखो मेरा चैनल का नाम बेसिक स्किल्स बेसिक स्किल्स टेक चलो दोस्तों मैं टाइप कर दे, अपना चैनल का नाम देखिए दोस्तों ये रिलोड हो रहा है तो ये पेज ओपन हो रहा है तो सच्ची टिप आ गया इसे फिर से सर्च करते हैं सर्च बार में जाकर के देखिए दोस्तों आ गया है तो थोड़ा समय लगता है कोई बात नहीं बने रही है मैं बता रहा हूँ वैसे यहाँ से कोई भी उठा लेंगे तो चलेगा लेकिन मैं अपना ही मैं ढूंढ रहा हूँ जैसे यहीं से यहाँ आपको कोई भी उठा लेता हूँ एक मिनट चलिए बता देता हूँ जैसे मैंने ये चैनल को उठा लिया इसका क्या बता रहा है पाँच सब्सक्राइबर ये नया चैनल है इसका छोड़ो दूसरे लेके चल रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से कोई भी एक उठा लेता हूँ चैनल चलिए ये थोड़ा यह लग रहा है कि थोड़ा चैनल कहीं हो गुरु में इसको मैंने उठा लिया देखिए दोस्तों इसका मैंने उठाया तो यहाँ पर दिखा दिया इसका मंथली इनकम क्या है वो कैसे क्या है सब इसका बता दिया देखिए दोस्तों देखिये यहाँ पर सब बता दिया इसका मंथली इनकम क्या है वो कितना कमाता है सैलरी कि इतना इसका ब्लैक रैंक कर रहा है इतना है वीडियो पर व्यूज इतना इतना आता है, है, है कि कि कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, उम्मीद आप लोग देख रहे हैं चलिए मैं अब दूसरे चैनल को मैं ले रहा हूँ दिखा दे रहा हूँ दूसरे चैनल को लेकर के फिर का उठा लेता हूँ ईशान मॉनिटर का तो चलिए मैं ईशान मॉनिटर का चैनल उठा रहे देखिए इसका मैं पहले ही चैनल ऊपर क्लिक किया इसी का मैं चेक करके बता देता रहा हूँ आपको देखिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर सब बता दे रहा है कि इस, इसने कितना वीडियो अपलोड किया है कितना सब्सक्राइबर है वीडियो व्यूज कितना है किस कंट्री से देखिए इंडिया से इंडिया से बता रहा है चैनल टाइप टेक वीडियोस बनाते हैं तो टेक वीडियोस का शो कर रहा है यूजर क्रिएटेड यानी 6 मार्च उन्नीस सौ सॉरी 6 मार्च 2018 में क्रिएट किए हैं चैनल वो बता रहा है यहां से सब आप पता कर सकते हैं मंथली मंथली इनकम कितना है और भी देखिए दोस्तों एक वीडियो पर कितना ये व्यूज है कितना क्या है देखिए सब्सक्राइबर ही बता रहे वीडियो व्यूज ये बता रहा है ये अर्निंग बता रहा है देखिए दोस्तों ये अर्निंग शो हो रहा है देखिए देखिए दोस्तों सी फुल फुलथली इस पे हम क्लिक देखिए आ गए हैं तो चलिए दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे चलिए पीछे मैं लेता हूँ और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ दोस्तों उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग भी चेक कर सकते हैं तो चलिए मैं बैक ले लेता हूँ तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे चेक किया जा रहा है किसी भी यूट्यूबर का इन महीने का इनकम कितना है उसका सैलरी कितना है तो दोस्तों आप लोगों को कुछ भी हमारे वीडियो से समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो किस तरह आप लोग देखते रहिए इसी तरह के मैं वीडियो बनाते रहता हूं तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय